रायका गुप्ता रायका रायका गुप्ता, गुप्ता, आओ इधर मैट के पास आ जाओ आप दीदी कहीं क्या आपने श्रीचंद आका में रेडी रहो। राधिका रावत आओ में रेडी रहो। रहोकेश सिंह लोकेश सिंह सिंह जी प्लीज सिंह